कदरदान दाढ़ी वाले और बिना दाढ़ी वाले इंसान थाम के बैठ जाइए। अब आ रही है वो जिनसे आप सब करते हैं प्यार जिनका आपको है इंतजार जिनके लिए आपने करी माधुरी मैम मुझे पता चला है कि आप यहाँ पर इनके लिए डेट्स ढूंढ रही हैं। है आ, तो मैं भी आ गया क्यूँकी मैं अब इस पेंगुन के साथ नहीं रह सकता What? मैं नहीं रह सकता बस क्योंकि मुझे तलाक चाहिए आ, क्या? बार-बार। नहीं।, नहीं नहीं। नहीं नहीं। से ऊपर से आने वाली अरे हम यहाँ हैं। हाँ भाभी रुको अब बस, बस बस बस बस बहुत हो गया हर्ष तू तू मेरे साथ साथ एक स्टेज शेयर नहीं कर सकता। स्टेज मैं तेरे शेयर नहीं नहीं कर कर सकता मैं <laughs> मैं तेरे बेड बेड पाता भारती पूरा घेर के के सोती लटक सोता खोलू हाँ रघु ब्रो रघु ब्रो सोने मेरे साथ क्यों नहीं आना हर्ष मैंने ऐसी जोड़ लिया है मैं राघव के साथ जोड़ी बना रहा हूँ हाँ। ताकि लोग मुझे ये भी तो समझे कि मैं एक एनिमल लवर हूँ क्यों नहीं भाई हाँ एक राघव तू दीदी दीदी मुझे बोलता है दीदी मैं तेरी घर पे पत्नी तेरी मैं घर पे हाँ. यहाँ पे मैं तुम लोगों की सीनियर हूँ हाँ, और तुम लोग दे दे दे दे कसम कैसी बात बोल रही है ये माधुरी मैम वहां पर अरे नहीं करते ऐसा यार छोड़ दो नहीं करते ऐसा दो <laughs> अरे नहीं करते क्या नमक दो ऐसा लगा डाल दिया नो फोटोग्राफी ओह लीजिए थोड़ा दूर रही है अरे यही आ रहे मेरे पास <laughs> मैं तो इधर ही उसके। भारती जी भारती जी हाँ जी माधुरी मैम आप यहाँ सबके मन की बात बताने आए थे आप अपने ही मन की बात, बात बताने बात लगे हो एक काम करो आप दो मिनट बैठ जाइए थोड़ा आराम कीजिए फिर वापस हम कुछ करते हैं जी आप बिल्कुल टेंशन मतलब आपके बबल गम खाने के लिए इतने सारे ओ नो नो मैंने मना किया ना नो गए आओ आओ भाई चलो आपके लिए कुछ मंगाता इतने टाइम बाद आया थोड़ा थोड़ा हो जाए यार अरे अरे लाओ भाई अरे थोड़ा थोड़ा ही लाना <laughs> अरे Yeah. Oh. मेरे लिए भाई कोल्ड ड्रिंक वोटर ला दो फिनाइल लिए पियेंगे <laughs> रघु ब्रो अभी अरे डिस्ट्रिक्ट <laughs> नहीं भाभी माधुरी दीक्षित नहीं नहीं हमारे गांव में इनके इतने फैन है कि। पुर... अरे एक एक हो जाए यार लिटिल लिटिल लो पकड़ो। रहे यार अरे इसी हो <laughs> जा। हो जाए यार कैसी बात कर घर से काम करने आया तुम नेशनल टीवी डिस्ट्रिक्ट का नाम नामी रख दिया है अभी आप इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार बन गए थोड़ा सुनो मुझे पता है आपका मिलने का मन हो रहा होगा लेकिन उसे कंट्रोल करो आपको ऐसा दिखाओ कि आप फैन हो ही नहीं किसी के, ठीक अच्छा? ठीक है? आ, आ, है। और वैसे भी होता करने बुला रहे हो किसे? एक तो काम उसे? करे अपना दूध बेचे ऊपर से इतनी बातें बुराई <laughs> का तो जमाना ही रह गया है बिल्कुल <laughs> भी नहीं चेयर यार चीर्थ यार चीर्थ होता है चेयर यार ये शायरी बहुत अच्छी करते हैं सात हजार की घड़ी में हमारा आराम करने का समय हो गया है ए? तो चलते अपने पाँच करोड़ वाले घर में भाभी आपका ढाई करोड़ का ये गया चलो चलिए चलिए अपने दो लाख वाले सोफे पे बैठ जाती हैं। <laughs> मेरे लिए कुछ है एक सोचता हूँ फिर बना देता एक मिनट उसको दो बनाएगा वो। है बनाता बना दिया। जिन्होंने आते ही अपनी कॉमेडी से मचाया था एंकर बनके भी हैं कमाल। भारती दीदी। मैम, में सभी ने आपका दिल जीता है लेकिन एक क्रू है जिसने हमारे शो में जितने भी सेलिब्रिटीज और लेजेंड्स आए उनका दिल ही नहीं दिमाग में भी, भी हिट किया है वो ऐसा क्रू है तो मैं आप हाँ बता दिया <laughs> जिन्होंने आते ही अपनी कॉमेडी से मचाया था एंकर बनके भी करती हैं कमाल भारती दीदी आप हो कॉमेडी की शान तभी तो हो आप हर्षो की जान अरे आपको हमारे कुछ जो लेजेंड और सेलिब्रिटीज है उनकी Uh, जो रिएक्शंस हैं उनके वो दिखाना चाहता हूँ आपको क्या टैलेंटेड बच्चे आ गए यार? एक और एक और एक और आपके लिए बना बना मेरे लिए लिए आपके निकल निकल नहीं नहीं रहा, रहा दिल से उसके। असली हो ना नकली तो नहीं हो आपने ये सच में किया ये हो ही नहीं सकता गॉड oh अरे इसको बोलते हैं क्लाइमेक्स सर ये तो योगा नहीं होगा ऐसी दीदी आपने अपने वेट से कितनी सैंडल तोड़ी आपने अपने वेट से कितनी है सैंडल तोड़ी हर भैया और आपको देख के यही याद आता है मोटू और पतलू की जोड़ी <पीणा> मैं जा रहा हूं भाई ओह <पीणा> oh oh. अब आपको दिखाएंगे असली में होता क्या होता है क्या होता है और क्यों रिएक्ट कर रहे हैं क्यों रिएक्ट कर रहे हैं मेरी लाइन तो आपने बोल दी यस हम बुला लेते हैं बुला लीजिए हाँ? करती है ज़्यादा मत पकाओ वरना आपके मुँह <laughs> सबसे पहले तुषार सर आप मुस्कुराते भी खूब हो आप शर्माते भी खूब हो मन करता है आपको दावत में बुलाऊ तुषार सर आप खाते भी खूब हो <laughs>